अगस्त उन्नीस सौ को भारत के दो टुकड़े हुए भारत अनंत काल से है इसके पैदा होने की कोई तिथि नहीं है वो जरूर मरेगा उसका समय कब होगा यह मुझे नहीं मालूम अल्लाह भी कहते हैं कि उसका जाने का तय समय निश्चित है उसमें कोई मिनट आगे पीछे नहीं हो सकता ऐसे ही हर जगह के काउंडर पैदा हुए हैं कांग्रेस पार्टी भी बनी थी उसके भी फाउंडर थे इस्लाम धर्म बना उसके भी फाउंडर थे क्रिश्चियनिटी थी उसके भी फाउंडर थे तो यकीन मानिए इनका अंत आ गया और इस बात से आपको कभी चिंता नहीं होनी चाहिए कि दुश्मन क्या कर रहा है चिंता आपकी यह होनी चाहिए कि आप इस जगह तक पहुंचे कैसे कौन सी चीजें आपने अपने समाज में अपने परिवार में पीछे छोड़ दी कौन सी आधुनिकता के चलते आपने सत्य सनातन संस्कृति को छोड़ करके पांच हजार साल पुरानी सभ्यता को छोड़ करके कुछ बौने और लुठाई गिरे और चोर और मक्कारों से आज डर के आप भाग गए वो पूरी दुनिया में देश में कम डिक्टेट कर रहे हैं जितने भी लोग इस सभा में बैठे हैं बहुत कम लोग होंगे कि जब मैं अपने पत्रकारिता का जीवन शुरू करने आया था तो जिस अखबार में मैं करता था उस अखबार में मुझे पहली ड्यूटी दी गई थी कि जंतर मंतर में जितने धरने होते हैं वो आपको कवर कर रहे हैं एट्टी नाइन में दिल्ली आया हूं और उस दिन से लेकर आज तक कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के बारे में मेरी राय नहीं बदली ये बात अलग है कि नौकरी के अंदर आपके कंपल्शन होते हैं लेकिन जब मैं तय हो चुका ये कि मैं अपनी बात सच बात को सच नहीं कह पा रहा हूं तो मैंने नौकरी छोड़ दी इशू यह नहीं है कि जो समझाया जा रहा है पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये आर्टिकल 35 ए और 370 कश्मीरी पंडितों के लिए हटाई गई माफ कीजिए कश्मीरी पंडितों से कोई संबंध नहीं इसका मैं एक ललित भाई मेरी बात को एंडोर्स करेंगे जिन लोगों का ये ख्वाब है जो उस ख्वाब को लगातार मजबूत कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में गजवाए हिंद जब तक नहीं आएगा तब तक पूरी दुनिया में इस्लाम कंप्लीट नहीं होगा हिंदुस्तान की जिम्मेदारी थी हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी थी किसी ने एहसान कश्मीरी पंडितों के ऊपर नहीं किया है मैं लगातार एक बात को लगातार कह रहा हूं कि अगर जम्मू नहीं बचा तो दिल्ली भी नहीं सेफ रहेगा लिहाजा आर्टिकल 370, थ्री ए ये तो एक टेक्निकल मामला था यह तो आपने इस्लामिक स्टेट का लीगल मॉडल को तोड़ा है अभी उसका एवरेटस सिस्टम में बैठा है उस सिस्टम को डिसमेंटल किए बगैर कोई कश्मीरी पंडित यहां से नहीं जाएगा कश्मीर में जो सरकारें थी अब कुछ चीजें रिटिन हैं और कुछ चीजें साइलेंट हैं जो रिटिन हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी तीन महीने पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे कश्मीर से ला दी उनका फोन आया पुष्पिन साहब जब से आपके हाथ में दी है कॉपी हमें लगता है कि समाप्त होने के बाद इस संविधान का भी समाप्ति होने वाली है और यह संविधान कश्मीर में समाप्त हो चुका है अब इस संविधान की कोई जरूरत नहीं है अब जम्मू कश्मीर में आपको दोबारा नागरिकता लेने के लिए जिहादी सरकारों से कोई आपको परमिशन नहीं लेनी है लिहाजा उन्नीस अगस्त दो को मैं और मेरे एक साथी ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल थर्टी फाइव को चैलेंज किया यकीन मानिए कि छह महीने लग गए इस बात को समझने में कि ये आर्टिकल थर्टी पे है क्या हमको बहुत लोगों ने पागल बताया कुछ लोगों ने बताया तुम कश्मीर के नहीं हो तुम्हें कुछ पता नहीं है मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान का भी नहीं था मैं तो बारह साल से वहां भी नौकरी कर रहा हूँ ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि मैं कश्मीर का नहीं हूं इसलिए मुझे कश्मीर के बारे में जानने और समझने का कोई हकी ही नहीं आपके साथ जो झूठ फरेब किया गया मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता 14 मई उन्नीस को भारत के राष्ट्रपति पे दबाव डालकर के नेहरू जी ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को भारत के संविधान में इंसर्ट किया उसे आर्टिकल 35 फाइव कहते हैं हमने जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो आप यकीन मानिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एच दत्तू साहब तीस सेकेंड में हमारी पी दाखिल हुई हम बहुत खुश थे कि कोई हमने बहुत बड़ा काम करा है लेकिन जिस तरीके से पिछले चार साल तक हम जीवित रहे हैं तब हमको लगा कि हमसे कोई बहुत बड़ा ऐसा घटना घट गई है जिससे पूरे देश में एक व्यवस्था है जो आपको जीने नहीं देगी और इसी सफर में मेरा एक साथी जो है हमारे बीच से चला गया हमने उसका गम नहीं मनाया हम जानते थे कि कुल लोगों ने क्या किया है उस वक्त हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी यह हुई कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जज साहब से जो आर्गूमेंट हुआ उस तीन चार डेट के बाद हमें समझ में आ गया कि इसमें कोई बहुत आर्गूमेंट नहीं होना है इसमें पॉलिटिकल विल दिखानी है केंद्र सरकार ने जाकर के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये लीगल मैटर है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है लेकिन मुझे दुख तो इस बात का है कि जो राष्ट्रीय सरकार जो राष्ट्रवादी सरकार दिल्ली में बैठी हुई थी उन्हीं की सरकार के बलबूते पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी हुई थी उसी पार्टी के 26 एमएलए थे जम्मू कश्मीर राज्य से पर डेट ये ताज्जुब होगा आपको पर डेट एक करोड़ 40 लाख रुपया दिया जाता था चार देश के बड़े जाने माने लोगों को जिसमें पाली एस नरिम जैसा आदमी था और राज्य सरकार जाके देती थी कि आप दिल्ली में जाएं और बचाव करें कि 35 पे नहीं हटना चाहिए मुझे अफसोस है मैं किसी पोलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर नहीं हूं ना पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई लेना देना है मेरे लिए कल भी और आज भी राष्ट्र पहले है बाद में पार्टी है बाद में बैठी हुई सरकार कहती है कि आर्टिकल थर्टी फाइव एक लीगल मामला है इस पर कोर्ट निर्णय ले सकती है लेकिन उसी पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर में खामोश बैठे रहते हैं और महबूबा मुफ्ती एक करोड़ चालीस लाख डेट पे देती है पैसा और कहती है थर्टी फाइव में नहीं हटना चाहिए लेकिन मुझे लगा अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो दो तरफा लड़ाई लड़ें। जो बात ललित भाई कह रहे हैं जो उपल भाई कह रहे हैं मैंने बहुत कुछ कश्मीर को इन लोगों से सीखा है कश्मीर की जो भी कुछ मेरी जानकारी है उसमें सुशील पंडित शामिल हैं, उसमें जीडी डी बख्शी शामिल हैं, उसमें आर एस एस शामिल हैं ये तमाम सारे लोग हैं जिन लोगों को सुन सुन के मैंने जो कुछ सीखा उससे मैं आगे बढ़ा लेकिन मैं इस बात नतीजे पर पहुंच चुका था कि अगर इस देश को सच बात सच्ची भाषा में सरल भाषा में आप बता दें तो यह देश उठ खड़ा होगा आर्टिकल 35 ए के बारे में देश में देश क्या दिल्ली के बड़े बड़े को नहीं पता था, बड़े बडे वकीलों को नहीं पता था लेकिन मेरा दुख ना पॉलिटिकल पार्टी से है ना वकीलों से है ना दानिशवरों से है मेरी शिकायत यह है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिसे जलीकट्टू के बारे में पता है जिसे सबरीमला के बारे में पता है जिसे महाकाल पे पानी कितना चाहिए इसका पता है जिसे दही हांडी की लंबाई तापने की चिंता है उसे 35 फाइव के बारे में क्यों नहीं पता था और पता था तो इतने सारे आपकी तो आप बेईमानी है यह मुनाफकत है, है कोर्ट भी इस जुर्म में शामिल है ऐसा नहीं हो सकता कि आप काले कपड़े पहनते हैं तो आप महान हो जाएंगे आपके अंदर भी वो लोग हैं जो शकल दे के फैसला करते हैं अभी बुखारा का जिक्र किया उपल साहब ने ना तो हम बुखारा गए ना हमने बुखारा देखा लेकिन बुखारा के दो जोकरों को हमने भारत में जरूर देखा उसमें से एक उनके वालि साहब की डेथ हो गई कई बार में उनके इज्तम में जाता था अब उनका लड़का है जिसका नाम है इमाम बुखारी दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम क्या देश को पता है या सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं पता ये बात और जो केस हाई कोर्ट में चल रहा हो और सुप्रीम कोर्ट को तो पता ना हो कितनी अन्य बने सुप्रीम कोर्ट जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी के ऊपर 65 एफआईआर आई है सात एफआईआर के अंदर उसके नॉन वे वारंट है उसके अरेस्ट का वारंट कोर्ट से दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी पुलिस गई और लौट आई और कोर्ट में एफिडेफिट लगाया कि अगर हम इमाम बुखारी को गिरफ्तार कर लेंगे तो दिल्ली में आग लग जाएगी मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो हु बदमाश लुटेरे आतंकवादी अगर डरा देंगे तो इस देश की कोर्ट फैसला नहीं देगी आज 10 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कभी हाई कोर्ट को डायरेक्ट नहीं किया काली पट्टी बांधने से धरना देने से अगर दुनिया में आपकी मांग पूरी हो रही होती तो आप सबके लिए एक जीवित मिसाल है नॉर्थ ईस्ट नाम की जगह है भारत में एक महिला लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रही थी पच्चीस साल से नाक में खाने की नली लगा करके गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रही थी पच्चीस साल तक ना तो देश के जे के लोग गए न वो मुनाफि गए जो कश्मीर में जाते ही सबसे पहले उस मक्कार उस जलील आदमी से जिसका नाम सैशा गिलानी है उससे मिलने जाते थे वो कभी उसके पास नहीं पहुंचे पच्चीस साल में और आखिर में उस मेहता ने नाक की लली उतार के फेंक दी मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति के उसी मूल्यों में रह रहा है ये मूल्य बदलने होंगे आपको अपना हथियार बदलना होगा